तो फ्रेंड्स आज मैं आपको आपका जो जोरो का यूज़र आईडी आप भूल जाते हो तो आपको जोरोरोरोरोरोरोरोरोरोरो में आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हो इसका फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आपको जोरो का जो काइट का एप्लीकेशन है इसे आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपके सामने लॉग इन टू तो काइट ओपन ऑन न्यू अकाउंट इस तरह के दो ऑप्शन आ जाएंगे तो हमें लॉगिन करना है हमने अकाउंट तो पहले से ही ओपन करके रखा है तो हमें लॉगिन करना है तो हम लॉग इन टू कैट पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ना यूज़र आई है ना पासवर्ड है तो हमें क्या करना है नीचे देखे ब्लू कलर में दिख रहा है फॉरगेट यूज़र आई और पासवर्ड तो हमें उस पर क्लिक करना होगा जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए दो ऑप्शन आ जाते हैं आई रिम्बर माई यूज़र आई डी आई फॉरगेट माई यूज़र आई तो फ्रेंड्स हमें आई फॉरगेट माई यूज़र आई पर नीचे क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर आपसे पूछेगा तो आपको पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है पैन नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं एक है ईमेल आईडी और दूसरा है एस एम एस तो फ्रेंड्स आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल होगा जब आपने जोरदार में अकाउंट ओपन करते समय जो ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर इन दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है मेरे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो मैं मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे देखिए ये जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो हम जो ये कैप्चा भी यहाँ पर फिल कर देते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कैप्चा हमने फिल कर दिया है अब हमें नीचे रिसेट पर क्लिक करना होगा तो हम रिसेट पर क्लिक करेंगे तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओ आ जाएगा देखिए फ्रेंड्स ऊपर ओ आ चुका है हम ओ फिल कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर हमें रीसेट पासवर्ड आ चुका है यानी कि हमें एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाना पड़ेगा जब भी हम जोरोदा में लॉगिन करते हैं तो हमें यही पासवर्ड वहाँ पर इंटर करना होता है तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक पासवर्ड तैयार कर देता हूँ आपके में कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स भी होने चाहिए आपका पासवर्ड एकदम ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो मैंने मेरा जो पासवर्ड है एकदम स्ट्रांग बना के रखा है आपको चाहे तो आप मेरा पासवर्ड जो है वो देख सकते हैं देखिए फ्रेंड्स आप मेरा पासवर्ड जो है वो देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रांग पासवर्ड आपको बनना होगा फिर उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह के आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको फर्स्ट मीटर काइट मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको लॉग इन टू काइट पर क्लिक कर देना है तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने लॉगिन वाला पेज आ जाता है तो फ्रेंड्स मेरा जो यूज़र आईडी है मेरा यूज़र आईडी मेरे मोबाइल नंबर पर एसएमएस के तौर पर भेज दिया गया है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स हमें नीचे देखिए वन मिनट आगो में हमें ओटीपी मिला था अभी यहाँ पर देखिए जस्ट नाव पर हमें जो मेरा जोरौदा का यूज़र आई है वो यूज़र आई डी पर मिल चुका है तो देखिए फ्रेंड्स ओ भी आ चुका है यहाँ पर देखिए के ये जो है ये मेरा यूज़र आई तो ये यूज़र आई हम पर एंटर करेंगे देखिए फ्रेंड्स उसके बाद हमने अभी जो पासवर्ड क्रिएट किया था मैंने आपको दिखाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करेंगे देखिए फ्रेंड्स पासवर्ड इंटर करने के बाद हमें बस लॉगिन पर क्लिक कर देना है देखिए फ्रेंड्स लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कोड डाल देखिए फ्रेंड्स ये वाला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे देखिए प्रॉब्लम हिथ मोबाइल ऐप कोड तो हमें उस पर क्लिक कर देना है तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे एस या ईमेल पर उनकी तरफ से एक कोड भेजा जाएगा तो वो कोड हमें यहाँ पर इंटर करना होगा तो हम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर उनकी तरफ से ऊपर से एक कोड आ चुका है तो वही कोड अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने जो कोड है वो एंटर कर दिया है मैं आपको एस एम भी यहाँ पर दिखाता हूँ देखिए फ्रेंड्स अब हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लॉग इन है वो सक्सेसफुल हो चुका है मेरा नाम भी यहाँ पर आ चुका है हाय गणेश तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने जोरों में जो फर्स्ट टाइम जो है वो लॉगिन कर सकते हो तो फ्रेंड्स आपको लॉगिन करते समय कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो जाते समय हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स नीचे के दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल बेलाइकॉन को भी दबाइए ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद टाटा बाय बाय फ्रेंड्स